मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। है बाबा टाइम बहुत खराब आ गया बापूजी को बताना पड़ेगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ए, रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाहता था मगर हिम्मत नहीं कर पाया लेकिन आज मैं हिम्मत करके ये बात तुम्हें दिल से कहना चाहता हूँ देखो प्लीज ना मत कहना क्या ना। या, कल सुबह छह बजे तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो